दिल अब पहले सा मासूम नहीं रहा पत्थर तो नहीं बना मगर मोम भी नहीं रहा आप सुन रहे हो संजीव हंस को एक नई कहानी के साथ बहुत समय पहले की बात थी किसी गांव में छह अंधे आदमी रहते थे एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया अरे अरे गांव में हाथी आया हुआ है उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना ही था पर छूकर कभी नहीं देखा था उन्होंने निश्चय किया भले ही हम हाथी देख ना पाए पर उसे छू तो सकते हैं। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां पर हाथी आया हुआ था सभी ने हाथी को छूना शुरू किया मैं समझ गया हाथी एक खंबे की तरह होता है पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा अरे नहीं हाथी तो रस्सी की तरह होता है दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा मैं बताता हूं ये तो पेड़ के तने की तरह होता है तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ते हुए बताया लोग क्या बात कर रहे हो यार हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया नहीं नहीं ये तो दीवार की तरह है पांचवी व्यक्ति ने पेट पर हाथ लगाते हुए कहा ऐसा नहीं है हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लग गए और खुद को सही साबित करने में लग गए उनकी बहस तेज होती गई ऐसा लगने लगा मानो आपस में लड़ ही पड़ेंगे तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था वह रुका और उनसे पूछा क्या बात है यार क्यों लड़ रहे हो आपस में हम यह नहीं तय कर पा रहे भाई कि आखिर हाथी दिखता कैसा है उन्होंने कहा और फिर बारी बारी उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला तुम सब अपनी जगह पर ठीक हो तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं और देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया सभी बातें हाथी के वर्णन के बारे में सही बैठती हैं अच्छा ऐसा है सभी ने एक साथ उत्तर दिया उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी के सब खुश हो गए और सभी सच कह रहे थे दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक पहलू ही दिखाई दे रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सही हैं। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए वेदों में कहा गया है एक सत्य तो कई तरीकों से बताया जा सकता है तो अब अगली बार आप किसी भी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास हैं ये थी एक छोटी सी कहानी हम सभी के मार्गदर्शन हेतु फिर मिलते हैं संजीव हंस के साथ एक नई कहानी के साथ आपका दिन ब दिन मंगलमय हो